के रो ये हिंदुस्तान हमारा है, है। माता पिता और मातृभूमि तो जान से हमको प्यारा है सुन लो देश के दद्दा ये हिंदुस्तान हमारा है माता पिता और मातृभूमि तो जान से हमको प्यारा है हम सनातनी हमें हिंदुस्तान के कोने कोने में भगवान जाएगा हिंदुस्तान के कोने कोने में भगवान जाते हैं प्यार शांति और अमन की खातिर के कोने कोने में भग हो चुके कोने कोने में भगवानी बड़ी बगल घरे बिदान धूमला बड़ी बगल घरे बारे बड़ी बनीता है ये हम इसके दीवाने हैं चलते भी हैं जला भी देते हम शमा शहाने हैं के कोने कोने में भगवान लहराएगा हिंदुस्तान के कोने कोने में भगवान गद्दारों ये हिंदुस्तान हमारा है मात पिता और मातृभूमि तो जान से हमको प्यारा है हम सनातनी हम हिंदुस्तान के कोने कोने में भगवान